तो देखिए इनकी जिंदगी में खुद इतनी ज्यादा परेशानियां होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से नहीं घबराती थी अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ती थी और उसके साथ साथ दूसरे की भी परेशानियों को ये हल किया करती थी यानी कि दूसरों को भी मदद किया करती थी